वेलकम टू माई YouTube चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 पॉइंट थ्री का अर्थमेटिक प्रोग्रशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इसका क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर वन देखो जैसे हमने इसके अंदर इससे पहले 5.2 किया उसमें nth वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपने ठीक है इसके अंदर क्या है देखो एक्सरसाइज 5.3 में सम की बात चल रही है सम निकालना है आपने किसी ए सीरीज का तो सम का एक तो इसको सम का फार्मूला देखो s और ठीक है ये एस से डिनोट किसको कर रहे हैं सम को और n का मतलब एन एथ वैल्यू इसका फार्मूला होता है n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a ए प्लस एन माइनस वन इन टू ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एक तो s का ये फॉर्मूला होता है सम का और सम का किसी मान के चलो एन अपॉन ब्रैकेट में ए प्लस आपको लास्ट वैल्यू गीवन दे रखी हो तो आपने ये यूज़ करना है बस आपने क्या करना है इसके अंदर कभी ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तो एन पूछा होगा अगर एन गिवन दे रखा है सम तो ए भी गिवन है एल भी गिवन है एस सम निकल जाएगा एन एन वैल्यू का समझे तो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे किसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 5.3 में और एन किससे निकलता है आपको पता है एन के लिए ए एन इक्वल टू ए ये यूज होगा ये वैल्यू गिवन होगी तो आप यहां से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है यहां सोल्व करके इसको बस इसमें ये था आपका ये दो फॉर्मूले हैं देखो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपसे क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी ये एपी का सम कूच रखे सम तो ए कौन सी आपके पास जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में टू कोमा ट्वेल्व को देखो अपन टर्म का मतलब एनए टर्म ये बोलते हैं ना n टर्म n टर्म का तो ये कितना हो गया n कितना हो गया इसमें 10 एक चीज मिल गई अपने को यहां से ठीक है अब आपने इसका सम करना है मान के चलो कितनी टर्म्स है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से 10 जो टर्म है आपके उसका सम करना है आपने लेकिन अब फॉर्मूला तो पता है सम पूछ रखे हैं कितनी टर्म्स का n अपोन 2 लगाऊ ब्रैकेट में 2a ए प्लस एन माइनस वन इंटू ब्रैकेट कर दो क्लोज अब सम पूछ है कितनी वैल्यूगा टेन वैल्यूगा दस का तो n की जगह आप पुट कर दोगे 10 तो 10 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए क्या होता है ए इसको फर्स्ट वैल्यू को ए बोलते हैं जो भी आपको ये दे रखी है ना एपी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए तो इसमें कौन सी है टू और डी क्या होता है डी डिफरेंस इसको सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब सेवन माइनस टू सेवन माइनस टू कितना हुआ फाइव तो डी हो गया अब इसका ट्वेल्व माइनस करोगे तो डी ट्वेल्व माइनस तो कितना हो जाएगा फाइव ये फाइव जो डिफरेंस होगा ना थ्रू आउट सेम रहता है ए पी के अंदर मतलब आप थर्ड और सेकंड का डिफरेंस करोगे तब भी आपका फाइव आंसर आएगा ए हमेशा फर्स्ट टर्म को बोलते हैं और डिफरेंस हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू मतलब सेकंड जो टर्म है उसको फर्स्ट से माइनस कर देना ठीक है Uh, second minus first, third minus second, fourth minus third इस तरह से आप करोगे थ्रू आउट सेम आंसर निकलेगा तो इसमें क्या है आपका डी फाइव है ए टू है और n कितना है टेन समझे तो d भी निकल गया हमारा फाइव तो बस पुट करना आपने इसके अंदर अब क्या करना है आपने टू तो a की वैल्यू टू टू पुट कर दी प्लस n n कितना है आपका टेन तो ब्रैकेट में टेन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर फाइव ब्रैकेट कर दो क्लोज टू को टेन से करा फाइव आया फाइव यहाँ लिखो ब्रैकेट में टू टूजा फोर टू को प्लस टेन माइनस वन नाइन नाइन इंटू फाइव कर दो तो फाइव एजिट इज रहने तो ब्रैकेट में फोर प्लस नाइन को फाइव से करोगे फोर्टी फाइव फाइव एजिट इज रहेगा फोर्टी फाइव प्लस फोर कितना होता है फोर्टी नाइन को फाइव से करना अपने मल्टीप्लाई फोर्टी को फाइव से टू टू जोर टू फोर आपका आंसर आ गया इसका 245 मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लेना आप मल्टीप्लाई इसको से। 5 से फिन फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव कह रही बीस हज़ार चौबीस यही आएगा आपका आंसर ठीक है 245 कितने हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इसमें सम पूछ रखा था सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए क्वेश्चन में डी पता होना चाहिए और N तो आप ये फॉर्मूले को यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो समझ रहे हो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था आप सेकेंड देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोला गया इसमें सेम इसी इस प्रोसेस है आपका क्या करना आपने इसके अंदर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हाँ जी इसमें बोल रखे माइनस थर्टी सेवन माइनस थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी नाइन अप टू ट्वेल्व टर्म ट्वेल्व टर्म अब n कितना हो गया यहाँ से nth एक्स टर्म है ना इसका मतलब तो n की वैल्यू आ गई ट्वेल्व एक चीज मिल गई यहाँ से a क्या होता है इस फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं a बोलते हैं a हो गया थर्टी सेवन डी कितना होएगा यहाँ से थर्टी थ्री माइनस थर्टी सेवन थर्टी थ्री माइनस माइनस तो फोर है और ए कितने फर्स्ट वेल टर्म कितनी है थर्टी सेवन तो थर्टी थ्री माइनस माइनस प्लस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा ये माइनस का थर्टी थ्री था ये भी माइनस थर्टी थ्री अब और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस थर्टी सेवन प्लस थर्टी सेवन में से थर्टी थ्री गए फोर हो जाएगा ना तो फोर आ गया आपका डी आप चेक कर सकते हो इसमें से इसको माइनस करोगे 29 में से 33 को माइनस कर देना तब भी आपका कितना आंसर आएगा फोर तो आपका थ्रू आउट कितना रहेगा डी हमेशा सेम रहेगा ए पता चल गया डी और एन बस एस एन का फॉर्मूला यूज करो एस क्या होता है एन अपोन टू ब्रैकेट में एन अपोन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी ब्रैकेट कर दो क्लोज एन अपोन टू एस कितनी वैल्यू का ट्वेल्व टर्म का सम निकालना है कितनी टर्म्स का ट्वेल्व टर्म्स का एन की जगह पुट कर दो ट्वेल्व अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट टू इन टू की वैल्यू माइनस थर्टी सेवन प्लस एन कितना है ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस वन कर देना डी कितना आपका फोर ब्रैकेट को कर दो क्लोज इसको डिवाइड किया सिक्स तो सिक्स ब्रैकेट स्टार्ट थर्टी का डबल uh, मतलब पैंतीस का डबल कितना होता है सत्तर और दो का डबल चार सेवनटी फोर इस तरह से कर लो ना ऐसे हैं थर्टी सेवन को टू से ठीक है ऐसे ही आएगा टू सेवन से फोर्टीन कह रहे थे सिक्स सेवनटी फोर और प्लस इसका कितना होएगा ट्वेल्व माइनस वन इलेवन इलेवन इंटू फोर फोर्टी फोर यहीं कर रहा हूँ फोर्टी फोर ट्वेल्व माइनस हो जाएगा इलेवन को फोर से करोगे 44 होएगा आपका आंसर तो अब क्या आएगा 6 74 फोर माइनस फोर्टी फोर सेवेंटी माइनस का है और 44 फोर प्लस का है प्लस माइनस माइनस होएगा लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी वैल्यू का माइनस तो जीरो थर्टी हो जाएगा समझे तो माइनस आ गया थर्टी अब इसका कितना है थ्री को 6 से करो एटीन माइनस बारह आएगा वन एट्टी आपका आंसर है मतलब इन सब का सम करोगे इस 12 टर्म का आपका कितना सम आएगा 180 तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा तो सम फाइंड आउट करो ठीक है कर लो नोट करो इसको तो आ गए ये समझ क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया अब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है जीरो थर्ड के अंदर 0.6, 1.7, देखो इसको 0.6 है 1.7, 2.8 अप टू क्या है 100 टर्म्स का 100 टर्म्स का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर सेम सम फाइंड आउट करना है कितनी टर्म्स का 100 का फर्स्ट कितनी आपकी 0.6, 1.7, 2.8 अप टू दिस तो आप सभी को पता ही होगा ये क्या होता है जहाँ टर्म्स आ जाए तो ये एन हो गया तो एन कितना है इसके अंदर हंड्रेड तो ए क्या होता है जो भी आपको एपी दे रखी है तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं ए कितना आ गया जीरो पॉइंट सिक्स और डी कैसे फाइंड आउट करते हैं इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने सीखा तो वन पॉइंट सेवन को सिक्स से माइनस फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो वन पॉइंट सेवन को जीरो पॉइंट से माइनस तो वन आ जाएगा वन तो ये डी कितना हो गया आपका वन समझ रहे हो तो ये आ गया डी इसका डिफरेंस तो क्या करोगे 2.8 में से 1.7 को माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 1.1 पॉइंट थ्रू आउट सेम रहता है बस अब सम निकालना है निकालने SN का फॉर्मूला क्या होता है एन पॉइंट ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट को कर दो क्लोज सम कितनी वैल्यू का फाइंड आउट करना है 100 का एन की जगह रिप्लेस कर दो हंड्रेड को हंड्रेड एन हंड्रेड पॉइंट ब्रैकेट कर दो स्टार्ट टू इन की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस एन कितने है इसके अंदर एन एन हंड्रेड हंड्रेड माइनस वन डी कितना है वन पॉइंट वन ब्रैकेट को कर दो क्लोज टू को हंड्रेड से डिवाइड करा फिफ्टी यहां आ गया फिफ्टी आपका ब्रैकेट स्टार्ट तो टू को जीरो पॉइंट सिक्स से प्लस सिक्स को टू से कर दो ट्वेल्व हो जाएगा एक के बाद पॉइंट है तो क्या कर दो यहाँ से पीछे से एक के बाद पॉइंट लो वन हो जाएगा जिसको ऐसे नहीं आता ऐसे कर लो ठीक है सिक्स ट्वेल्व वन ऐसे कर लो प्लस 100 में से वन को करा 99 99 को 1.1 से करना है तो 99 को 1.1 से नहीं 99 को 11 से बता दो 99 99 तो ये कितना होगा एटीन वन जीरो इसको सोल्व करके आ गया 10 1.2 वन प्लस वन अब एक के बाद पॉइंट है ना इसके बाद तो यहाँ से पीछे से एक के बाद अगर दो डिजिट होते दो के बाद पॉइंट होता ठीक है दो तो यहां से दो के बाद पीछे से पॉइंट लगा देते हैं एक सौ आठ पॉइंट नाइन आ गया फिफ्टी एज इट इज वन अब क्या करना आपने वन एट दिस में ऐड कर दो वन पॉइंट टू को एट और टू इलेवन कैरी वन एट और नाइन और टेन टेन की जीरो कैरी वन वन वन जीरो पॉइंट वन बस आपने फिफ्टी से मल्टीप्लाई करना है इसको वन को किससे फिफ्टी से फाइव से कर दो जीरो बाद में लगा देना तो फाइव जीरो फाइव फाइव एक ज़ीरो लगेगी अब कितने के बाद डिजिट एक के बाद तो ये आ गया आपका दिस फाइव फाइव ज़ीरो फाइव क्या है आपका आंसर है तो सम कितने वैल्यू का ये फर्स्ट हंड्रेड टाइम्स का सम करोगे कितना आंसर आएगा डबल समझे तो एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका वन पॉइंट इसका क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट देखो समझ आ रहे क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट वन अपॉन फिफ्टीन वन अपॉन ट्वेल्व वन अपॉन टेन अप टू इलेवन टर्म इसमें एन कितना है एन बताओ कितना है एन इलेवन कितना वन अपॉन फिफ्टीन तेज बोलो वन अपॉन फिफ्टीन डी कैसे फाइंड आउट करते हैं सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू तो वन अपॉन वैल्यू माइनस वन अपॉन फिफ्टीन एलसीएम लो बारह और पंद्रह का एलसीएम कितना आएगा तो इसको इससे डिवाइड करा इससे ये कैंसिल खाली फिफ्टीन बचेगा फिर इससे यह कैंसिल बारह बचेगा कितना है थ्री बारह इंटू पंद्रह तो वन अपॉइंट आ गया तो वन अपॉइंट आ गया आपका D, तो बस क्या कर आगे करना है? आपने सोल्व इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो एस n, एन का मतलब 11, तो इलेवन अपू ब्रैकेट में 2 इन टू की वैल्यू वन अपॉइंट n प्लस एन मतलब 11 माइनस वन का मतलब 10, D का मतलब वन अपॉइंट सिक्सटी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी इलेवन पॉइंट तो टू अपन फिफ्टीन प्लस इससे ये कैंसिल वन अपन सिक्स आ जाएगा तो अगेन एल्सीम ले लो आप इसका फिफ्टीन को और सिक्स का एल्सीय कैसे लेते हैं फिफ्टीन थ्री फाइव जै फिफ्टीन थ्री टू जै सिक्स फाइव टू जै टेन टेन को थ्री से करोगे थर्टी तो एल्सीय आ जाएगा आपका थर्टी थर्टी को फिफ्टीन से डिवाइड करो कितना टू टू को टू से मल्टीप्लाई करो फोर प्लस थर्टी को सिक्स से करो फाइव फाइव बस तो कितना आ गया 11 अपॉन 2 ब्रैकेट में 9 अपॉन थर्टी तो कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देना अदरवाइज क्या करना मल्टीप्लाई कर दो 11 को 9 से किया 99 और 3 टू जो सिक्स तो 99 अपॉन 60 बस इसका सम ऑफ कितनी 11 वैल्यू का सम यह आ गया आपका तो अगर और कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो इसको ये थ्री से डिवाइड हो रहे हैं ना कितने से थ्री थ्री जी नाइन थ्री टू जी सिक्स तो थर्टी थ्री अपन ट्वेंटी यह आपका आंसर है एसओ सम वैल्यू का चलो इसके साथ क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ